नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार, एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाज ये भी बच्चों के जा रहा है कैसा खान पीन है कैसा वातावरण है मौसम है कैसी जलवायु है और उसके साथ किस तरह के सम्मान को है अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास के ठीक है तो अब हम लोग तो आते हैं समझने का प्रयास करते हैं बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं सबका अपना अलग अलग सिद्धांत होता है ना कोई है कि थोड़ा कम खाएंगे लेकिन ईमानदारी से रहेंगे बढ़िया से शांति से रहेंगे कोई सोचता है कि चलो बाल बच्चे थोड़ा स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे थोड़ा सा दाया बया थोड़ा रहने के बाद वो दाया बया नहीं करना पड़ता तो कर लेंगे ना बच्चों का हम ये करना है अपना अपना सिद्धांत है किसी को गलत और किसी को ये नहीं कहा उसी तरह बाल विकास है तो बच्चों का सिद्धांत है बच्चों का जो विकास है वो सिद्धांत पर आधारित है और जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे सिद्धांत बदल सकते हैं समय के अनुसार हम अपने सिद्धांत को बदल सकते हैं लेकिन प्रकृति अपने सिद्धांत को नहीं बदल सकती है जब तक उसके साथ छेड़छाड़ नहीं मालूम नहीं करता तो बच्चों का जो विकास है प्रकृति पर वंशानुपुर पर आधारित है और उसका जो कुछ वाय वातावरण लेकिन मूल सिद्धांत जो है बच्चों के विकास का बाल विकास का वो इस तरह से है सबसे पहली बात है कि बाल विकास क्या है बाल विकास एक व्यक्तिगत है इसका मतलब क्या व्यक्तिका बेरोध अगर एक हज़ार बच्चे आपके विद्यालय में तो एक हजार बच्चों का हो बाल विकास वो उनका व्यक्तिगत चीज है सबका का अपने तरह से अलग अलग तरह से जैसा ये सिद्धांत कह हमें नियम बताए आभार बताए वो सब लागू होते हैं सब पर लागू होते हुए भी सबका अपना अलग व्यक्तिगत प्रक्रिया है जैसे समानता में विभिन्नता का जो भी बताए तो यहाँ विकास में होता है बाल विकास क्या एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है आपके यहाँ पर दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं चार बच्चे हैं तो चारों का एक का तो व्यक्ति तो व्यक्ति का अलाग अलाग अलाग तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं सबको विकसित होने का अलग अलग अलग तरह से उसके अंदर जो फील्ड है उसके अनुसार वो अब क्यों है व्यक्तिगत प्रक्रिया तो हम लोग समझेंगे कि बाल विकास क्या करता है जैविक अनुक्रमण का प्लान पालन करता है ये क्या जैरिक जैरिक भाईो, है। होता है जैविक अनुक्रमण जैविक मतलब बायो हाँ जीव एक जैविक है बायो बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या होता है बायो बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे हर बच्चा पहले क्या करता है जन्म लेता है उसके बाद क्या करता है रोता है हा? उसके बाद क्या करता है हाथ कर चलाता है उसके बाद है, हाँ? भी भी भी सकता है, खड़ा होना सीखता है। उसके बाद दौड़ता है क्या होता है? है। एक क्रम रहता कोई एक बच्चा ऐसा नहीं हो कि जन्म लेते के साथ वो खड़ा हो गया और बाद में घिसकना शुरू किया ऐसा होता है या कोई बच्चा दौड़ने लगा उसके बाद भी चलन। चलना शुरू किया नहीं एक जैविक अनुक्रम होता है उस अनुक्रम के अनुसार ही हाँ? कोई बच्चा ऐसा हुआ जो बचपन में छोटा था तो अपना चीज दूसरे को देता था आराम से लोग लेकिन बड़ा हुआ तो दूसरा का जो छीनने लगा ऐसा नहीं होता हर बच्चा बचपन में चाहता है कि सब मेरा हो मेरा जाए दूसरे घर में गया वो कोई खिलाना देखा तो जिद करेगा कि हमको दे दो तो नैतिक विकास की जो बात करते हैं तो वो भी एक अनुक्रम का पालन करता है एक एक बात करेंगे नैतिक विकास में कैसे एक अनुक्रम में विकास होता है सामाजिक विकास कैसे एक अनुक्रमिक रूप से होता है शारीरिक विकास कैसे अनुक्रमिक रूप से होता है बौद्धिक विकास कैसे वो भी अनुक्रमिक में होता है पियाजे का नाम सुने उन्होंने बौद्धिक विकास पर मानसिक विकास पर ढेर सारे सिद्धांत दिए हैं बायोवश की सिद्धांत दिए हैं ठीक है तो उस पर बात करेंगे अभी हम लोग समझते हैं कि जो तो बाल विकास है वो क्या होता है एक जैविक अनुक्रमण का, का। पहले कोशिका कोशिका के बाद भ्रूण भ्रूण के बाद गर्भ गर्भ के बाद क्या होगा शिष्यों का जन्म होगा फिर बच्चा होगा फिर वयस्क हो इस तरह से हो जैविक दूसरा है दूसरा है सिद्धांत है कि यह निश्चित दिशा में होता है क्या होता है निश्चित दिशा। बाल विकास की दिशा क्या है निश्चित दिशा कौन कौन से होता है दो दिशाएं हैं सिर से धड़ और केंद्र से सीमा। सिर से धड़ मतलब का मतलब सिर का विकास होता है उसके बाद पैरों का धड़ का विकास होता है और केंद्र से सीमांत मतलब पहले हृदय का हाट का विकास उसके बाद और सिरों का विकास होता है दो तीसरा सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं ये तो हम लोग बहुत बात समझिए एक व्यक्ति का अंगूठा नहीं मिल सकता दूसरे से उसका आंख की पुतलियाँ नहीं मिल सकती है चेहरा कितना समान लिखेगा गौर से दिखेगा तो कुछ ना कुछ अंतर दिखेंगे आ और सिर्फ शारीरिक ही शारीरिक चीज़ें अलग नहीं होती बल्कि आपको इसमें उनका भावात्मक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न एक ही घर में चार बच्चे तो चारों बच्चों एक तरह से सामाजिक नहीं हो एक खूब दोस्ती भूलगा समाज में दूसरा है कि खेल में खूब रहेगा खेले पर ध्यान देगा तो सब क्या होता है यो एक दूसरे से भिन्न होते हैं चौथा जो सिद्धांत है एक आता है तंत्रों के प्रकार में वृद्धि दर भिन्न भिन्न होती है तंत्र हमारा शरीर बहुत से तंत्रों से मिल बना हुआ है कौन कौन सा तंत्र है बच्चों को पढ़ाते होंगे आप लोग कोशिका तंत्र है श्वसन तंत्र है परिसंचरण तंत्र है है ना, पाचन तंत्र है और क्या है? तंत्रिका तंत्र है उत्सर्जन तंत्र है ये सारे तंत्र हैं, तो हर तंत्रों के प्रकार में वृद्धि दर बढ़ने का जो दर है स्पीड है वो अलग अलग हाँ हाँ कभी किसी अवस्था में उसका परिसंचरण तंत्र तेजी से बढ़ेगा तो पाचन तंत्र तो थोड़ा स्लो होगा हो हो। हो। किसी अवस्था में पाचन तंत्र तो तेजी से बढ़ेगा तो परिसंचरण तंत्र तो थोड़ा स्लो होगा तो ये क्या होता है कि हर तरह का जो तो ये है उसका कार्य जो तो है उसका वृद्धि का दर भिन्न भिन्न होता है किसी अवस्था में बच्चों में तो भाषाई विकास तेजी से होगी तो उनका मानसिक विकास थोड़ा सा शारीरिक विकास थोड़ा स्लो होगा तो बौद्धिक विकास उनका स्पीड होगा तो क्या होता है वो दर होता है अलग अलग, अलग हो। का है होता है एक ही दर्द से नहीं होता लेकिन पाँचवा विकास का सिद्धांत निकलता है कि योग्यताएँ एवं कौशल स्वतः ही व्यक्त होते बच्चों के अंदर किसी योग्यता है बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या बोलता है सबसे पहले उसके मुँह से क्या आता है मा मा, मा, मा बा मा मा ये बोलता है बाद में क्या होता है एक शब्द बोलता है वो बा, बा, बा मा मा पानी को क्या बोलता है अधिकतर बच्चे माम है। नुँ। नुँ। नुँ। लेकिन एक समय आता है तो खुद पानी बोलना शुरू करते हैं पहले बच्चे क्या करते हैं संज्ञा का उपयोग करते हैं संज्ञा बोलते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं क्रिया का उपयोग भी शुरू कर दिया बोलेगा बा� जाएंगे क्रिया जोड़ना शुरू कर कट नहीं बोलते खाली कट कटतम शादी जो भी बोलते हैं तो संज्ञा का उपयोग करता है उसके बाद फिर क्रिया का उपयोग बाद में शुरू करता है उसके बाद क्रिया के बाद क्रिया विशेषण भी आ जाता है वो एक होता है तो क्या होता है योग्यता में कौशल स्वतः खुद ब खुद आता है कोई कहता नहीं है कि तू बहुत संज्ञा बोल लिया जरा क्रिया भी बोलो कोई कहता है ना स्वता एक अवस्था है एक तो उम्र आता है तो बच्चा वो बोलने उसी तरह अगर चलने की बात करते हैं पैर का विकास करते हैं तो एक समय आएगा जब वो बच्चा क्या करता है हाथ पैरे जो फेंकता है बाद देखिए क्या अचानक वो करवट लेंगे बड़ा माँ बाप बहुत अरे आज बाबू करवट लेंगे पता है घर में चर्चा का विषय बन जाता है वान कि आज मैया मुंडिया करवट कोई करवट ले आया उसको खुद वो स्वतः एक समय आता है तो स्वतः करवट स्वतः फिर क्या करेगा वो बैठने लगेगा पहले देखने लगेगा फिर बैठेगा तो स्वतः ये चीजें चीज़ें क्या होता है एक समय के अनुसार एक उम्र के अनुसार स्वतः किसी बच्चे में एक सप्ताह दो सप्ताह पहले हो जाएगा किसी में एक सप्ताह दो सप्ताह तीन सप्ताह लेट से होगा लेकिन स्वतः होता है तो ये कहता है जो विकास के जो पाँचवा जो सिद्धांत है छठा सिद्धांत कहता है कि विकास के प्रत्येक चरण के अपने अपने विशेषण एवं अभिलक्षण होते हैं विकास क्या होता है चरणों में होता है हम लोग आगे जाएंगे तो पियाजे का जो विकास का चरण है उसको जानेंगे कि कैसे उन्होंने चरणों में बांटा है कौन कौन सा चरण है बता सकते हैं कोई कुछ तो अध्ययन कर ही रहे हैं जिन पियाजे ने बच्चों के बाल विकास को कितने चरणों में बांटा है संवेदी पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक और एबस्ट्रैक्ट विश्व कहते हैं चार चरणों में उन्होंने बच्चों के विकास को बच्चों का विकास क्या होता है चार चरण उस पर डिटेल बात करेंगे कि कैसे सबसे पहले बच्चा सीखता है कैसे सीखता है संज्ञान विकास पर उन्होंने काम किया है वो अपने घर के ही आसपास के बच्चों को दिन रात वही काम था का सिर्फ बच्चों को देखते रहते हाव भाव क्या व्यवहार कर कैसे चल रहा कैसे बोल रहा है इस उम्र करते रहते इस उम्र में क्या किया उस उम्र में क्या किया और उसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत भी दिया संज्ञानात्मक विकास का तो उन्होंने बूढ़े तौर पर चार चरण बोला कि बच्चों का विकास चार चरणों में होता है पहला चरण संवेदी या गत्यात्मक होता है संवेदी गत्यात्मक उसमें क्या करता है बच्चे का संज्ञानत्मक विकास होता है कैसे होता है हाथ पर चलता हाथ पर हाथ फेंकता है पैर फेंकता है कोई आवाज़ बोल गया तरफ ध्यान जाएगा कोई खिलौना आ उसको मारेगा ऐसे करेगा पटकेगा मुँह में डालेगा है ना अच्छा करी करी क्या करता है गंदगी बिगड़ता है यूकीली चीजें कोई मुंह में डालता है तो हम लोग बोलते हैं शराती है या तो बुद्धि नहीं है क्या बोलते हैं अकेले नहीं अभी बच्चा बच्चा नहीं है छोटा बच्चा समझ के हमको वो समझना चाहता है उसको समझने का सीखने का वही तरीका है छू के या सुन के या पटक के या सुन के इसी तरीक़ा से वो सीख सकता है इसे संवेदी की आत्मक अवस्था है उन्होंने कि अपनी संवेदनाओं की ऐसा कर उसके बाद जब बड़ा होता है तो मूर्त चीजों को देख करके उसको जोड़ के पटा के उस तरह से सीखता है आगे जाकर बिना किस चीज़ों को दिखाए बोल के भी उसको सिखा सकते हैं और उसके बाद जाएगा तो खुद से वो अपना ड्रेजनिंग करने लगता है तट करने लगता है तट कर सकता है उसकी हम लोग बातें करेंगे तो यह कह रहा है कि विकास के प्रत्येक चरण के अपने विशेषण जैसे संवेदी अवस्था में जब बच्चा है तो सीखने का क्या है उसका तरीका हाथ पैर को सूख के पकड़ के नोच के चक के वो सीखता है लेकिन जब उससे ऊपर आ जाता है बच्चा तब तो, तो क्या करता है वो चित्रों को देख वस्तुओं को देखकर करता है। वो सीखना शुरू कर देता है उसके आगे जाता है तो चित्र भी नहीं दिखाइएगा बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा उसको भी देख करके वो सीखना तो अपना अपना शरीर का अपना अपना लक्षण होता है आप विशेषता बच्चों का विकास कैसे होगा उस पर डिटेल हम लोग बात करेंगे आगे कहता है कि विभिन्न समय पर विभिन्न गति से परंतु निरंतर होता है बच्चों का विकास विकांत होता है तो अलग अलग समय पर अलग अलग गति से होता है छोटा बड़ा जैसे अगर बच्चे किशोरावस्था तो में जाते हैं तो देखते हो कि अचानक क्या होता है अपना घर नहीं होते हैं तो लग जाते लंबा नहीं होगा मटा रहेगा लेकिन वो अचानक लंबा हो जाता स्कूल में एक बच्चे आते हैं देखने लंबा है। तो लंबाई की गति क्या होती है उस अवस्था में किशोर अवस्था आने के साथ बढ़ बाड़ जाती है हा? लेकिन बाल अवस्था में थोड़ी धीमी हो जाती है लेकिन होती निरंतर होती है ऐसा बात रुक जाता है अठारह वर्ष तक बच्चों का बढ़ना निरंतर जारी रहता है लेकिन किसी अवस्था में वो तेजी से बढ़ता है किसी अवस्था में धीरे धीरे बढ़ता है तो वही कहता है कि विभिन्न समय पर ये विकास के विभिन्न समय पर विभिन्न गति से परंतु गति थोड़े कम बेसी हो सकती है लेकिन उनका विकास निरंतर रहता है अगर सामाजिक विकास के ही काम बात करें तो ऐसा बात नहीं कि सामाजिक विकास जब आता है जो किशोर अवस्था में आता है बाल्य अवस्था में आता है तभी सामाजिक विकास होता है और शैशव अवस्था में सामाजिक विकास होता, होता है लेकिन शैशव अवस्था में बहुत धीमी गति से बहुत अगर बात करें तो धीरे धीरे होता है लेकिन जब वो किशोर अवस्था में जाता है उसका लोगों से मिलना जुलना बढ़ता है तो वहाँ पर फिर उसका थोड़ा तेज़ी से विकास ठीक है यही कहता है और आठवां जो इसका सिद्धांत है ये करता है कि एकीकृत एवं समग्र रूप से सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण करता है जो बाल विकास है कैसे होता है अलग अलग नहीं होता है एकीकृत एकी एकी रूप एकी। से होगा अगर हम ये चाहें कि अभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है अभी खूब खिलाड़ पिलास कर लेते हैं भजपूर कर लेते हैं और जब स्कूल जाने का हो गया तो खाना बंद कर दो तो ये ये तो तो तो कि पैसा अच्छा। <coughs> क्योंकि अब समय आ गया है तो नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं नहीं। तो है है बुद्धि के होगा होगा होगा सही नहीं ना कहता एकीकृत रूप से होता शारीरिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक विकास सामाजिक विकास सब क्या होता है एक साथ चलता है संतुलित रूप से ध्यान दीजिएगा तभी बच्चों का संतुलित विकास ये तो सोचिए कि छह महीना को खिलावे खिलावे और छह महीना को पढ़ावे पाँच साल तक को पढ़िए पौष्टिक दूध दही को खिलावे और उसके बाद छह साल अब महंगाई स्कूल में वहाँ फीस लग रहा है महीना तो थोड़ा थोड़ा सा खाना पीना में कटौती कर देते हैं हां? हाँ। तो क्या होगा गड़बड़ा जाएगा तो कहता है कि एकीकृत और समग्र रूप से शारीरिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास इतने भी विकास है बच्चों का वो सब एक साथ एक साथ वो होते हैं सब पर हम लोग उसी रूप में संतुलित रूप से ध्यान देना अगर बच्चों का बाल विकास सही ढंग से हम लोग करना चाहते हैं इसीलिए विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन भी लाया गया है गोरख पोषाहार भी लाया गया है खेल का भी सामान दिया जाता है गाने बजाने का भी समान दिया जाता है बीच बीच में प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं लोगों से मिलाया जाता है क्यों मिलाया जाता है कि हर क्षेत्र में समग्र विकास सभी उसका हर क्षेत्र का विकास था तो अभी हम लोगों तो ने बाल विकास तो के सिद्धांत आठ सिद्धांतों को यहाँ समझा था कुछ और सिद्धांत है उसे भी जान लेते हैं अगर नौवीं सिद्धांत की बात करें तो ये कहता है कि बाल विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर बढ़ता है ये क्या करना चाहते हैं बच्चा पहले अपने अंगुलियों को मोड़ता है उसके बाद पूरे हाथ को हिलाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर है दूसरा कहेगा कि बच्चा पहले अपने हाथ को हिलाता है, है उसके बाद अपने अंगुलियों को मोड़ता है उसके बाद कुछ लिखता है उसके बाद चित्र बनाता है तीसरा रहेगा कि बच्चा सब पहले दौड़ता है उसके बाद चलना सीखता है तब खड़ा होता है तब बैठता है ये, ये, ये तीनों में से सामान्य से विशिष्ट क्यों कौन हाँ, हो रहा है अच्छा पहले उंगली उसके बाद हाथिस्ट हो रहा है पहले उसके बाद कुछ चिस्ता है उसके बाद अच्छा पिस्ता है उसके बाद चित्र भी बनाता है कौन सामान से विशिष्ट सामान मतलब जनरल जनरल बात है और विशिष्ट मतलब खास बोली स्पेसिफिक काम मतलब होता है कि जैसे हम लोग मैट्रिक सामान्य पढ़ाते हैं हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान सब बच्चा पढ़ता है आई एस सी में जाता है तो अगर ऐसा कर दे कि पहले यहाँ साइंस बच्चा को पढ़ावे को कुछ बच्चा को मैथ्स पढ़ावे कोवर्स और जब इंटर में जाए तो पढ़ता हाँ हाँ हाँ हाँ होगा तो पहले सभी पढ़ाओं क्यों ऐसा करते हैं हम लोग नियम है बाल विकास का सिद्धांत करता है पहले सामान्य विकास होता है तो साइंस में भी अब कोई एक साइंस पढ़ा फिजिक्स है केमेस्ट्री है बायोलॉजी है, है।, है। उससे भी ऊपर जाएगा तो फिजिक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स किसमें आपको स्पेशलाइजेशन तो सिर्फ धीरे धीरे क्या हो रहा है वो विशिष्ट हो जाएगा उसके बाद पी एच डी करता है तो किसी एक टॉपिक पर वो अपना रिसर्च करता है तो कहाँ हो रहा है धीरे धीरे विशिष्ट हो रहा है तो विकास से तो की बात करें, शारीरिको भी होता है बच्चा क्या होता है जब तो फेंकता है दो तीन पर पकड़ाता है छोड़ जाता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो छोटा सा पेन को भी पकड़ता है पकड़ने के बाद क्या करेगा वो पहले पहले क्या करेगा ठीक करता है हाँ। उसके बाद फिर आपको देकर उसके बाद तब जाकर अपने मुठ्ठी पर पकड़ बना रहा है उसके बाद उंगलियों पर पकड़ बना रहा है उंगलियों में से पहले मोटा चीज पकड़ता है तब तो पतला चीज पकड़ता है उसके बाद वो सू में धागा भी देता है क्या है? है। है। क्या है है है है विकास विकास सामान्य सामान्य से से विशिष्ट प्रक्रिया प्रक्रिया की तो तो बच्चों के साथ कोई भी तो ध्यान है कि पहले सामान्य बातें करें उसके बाद धीरे-धीरे उसको विशिष्ट और अंतिम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत दस, दस सिद्धांत को हमने मुख्य रूप से चूज करके लाया है कर पाए ठीक है तो दसवां सिद्धांत की बात करें तो यार क्या है? वांसा, वांसा, और के साथ अंतर के होता है ये क्या करना चाहते हैं जो है आ, उसके लिए नियम पालन है आप बोलिए उसका जो वंश जो जीन है जो जो क्या करते हैं उसको गुणसूत्र है माता और का जो गुण सूत्र है कोशिकाओं के द्वारा जो आता है वो प्रभावित करता है उसके विकास को और उसके साथ साथ खान पान रहन सहन मौसम भौगोलिक स्थिति और दूसरा सामाजिक स्थिति किस तरह के माहौल में रहता है तो दोनों के साथ रहता क्रिया होता है और उसके अनुसार उसका विकास होता नहीं है नहीं कर सकते कि सिर्फ ये बहुत अच्छा माता पिता बहुत तेज हैं बहुत पढ़ने में किए हैं तो ये बच्चा भी बहुत तेज होगा ऐसा कुछ नहीं नहीं उसको वातावरण भी ऐसा मिलता है नहीं तो कि अगर वातावरण तो बहुत अच्छा मिल रहा है एकदम बहुत महंगा स्कूल में लगा दिया उसको हर विषय का अलग अलग ट्यूशन है और सब पढ़ने वाला बच्चा सही है और बढ़िया लेकिन जो उसको वंशानुक्रम मिला है जीन मिला है वो जीन में क्या आया है कि वो भाषा की क्षेत्र को बहुत अच्छा करें कभी एक अच्छा वंशन और उसको फो साइंस टीचर रखती है इंजीनियर बनाना है हाँ। बनेगा किसी तरह से बन के तो उस क्षेत्र में सफलता हो? नहीं तो क्या होता है दोनों का अंतर इस माहौल में रह रहा है किस तरह का खान पान पालन पोषण में रहा है और जीन कैसा उसका माता पिता से क्या लक्षण अगले पीढ़ी से क्या लक्षण लेकर के वो आए दो के अंतर क्रिया दोनों प्रभाव से क्या होता है उसका उसका विकास निर्धारित तो ये सिद्धांत। एक बार इस पर चिंतन से। से तो कोई जरूरी से आप समझ जाइएगा तो इसमें अगर 10,000 अगर भी क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसको पकड़ लेंगे ठीक है ना क्योंकि तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है इस बार जो तो क्वेश्चन आ गया उसी चीज रहेगा लेकिन आपको थोड़ा सा बदल के बदल के बदलती तो अगर हम क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस रहे हैं तो हम उसका आंसर नहीं कर पाए हम लोग तो प्रयास होना तो चाहिए आज हम लोगों ने जाना बाल विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके चादर के परिवर्तन होते हैं उनके आकार में परिवर्तन होता है उनके प्राप्ति होती है, तो नियम एक का नियम एक पीढ़ी का है, है है है जो स्थानांतरण होता है दादा या नाना जो नाना जो पीढ़ी से बच्चे में जो स्थानांतरण होता है माँ पिता का जो गुण लक्षण है जो बच्चे में स्थानांतरण होता है वो क्या होता है और प्रकृति और समाज ये भी बच्चों के बाल विकास को प्रभावित करता है किस माहौल में रह रहा है कैसा खान पीन है कैसा वहाँ का वातावरण है मौसम है कैसी जलवायु है और उसके साथ किस तरह के समाज को रख ये भी बाल विकास से 10 निकाल है, है है, है। जो बताता कि तो का बाल विकास धन्यवाद पांचवी कड़ी के अंतर्गत बाल विकास का चौथा भाग समाप्त हुआ अगले भाग में हम जानेंगे बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं को तो क्लास के साथ ताकि सीखना जारी रहे